बोलाई बे माई शोभा ना जाई छठी माई के आंगना बोलाईबे माई शोभा ना जाई गाय के गोबर चंगना लिपाई गाय के गोबर रस आंगना लिपाई गजमाती चौका तो पुराई बाई सोभावरणी तो न जाई गजमाती चौका पुराई बे माई सोभावरणी न जाई कपूरा ऊपर आसन लगा तो कपूराइब ऊपर आसन लगाई छठी माई के ताही पर बिठाई दे माई परानी तो परी जाई ख माई कटाई पर बिकाई दे ये माई शोभा तो बरनी न जाऊ कु के घर से कला सा मंगाई कुमार के घर से मंगाई तह ऊपर चमुख जराईबे माई शोभा न जा छठी माई के अंगना बोलाई है माई शोभा न जा छठी माई के अंगना बोलाइए माई शोभा पंडित गनेश से ढोलक बजाई पंडित गनेश से ढोलक समांगले मंगल जबा माई तो भवरणी न जाई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 आँगना बोलाई दे माई दो न जाई जय छठी मैया